तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं भारत की प्रथम महिला क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद कराने के लिए सहयोग किया था तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था इनके पिता का नाम मोरपन तांबे और इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था लेकिन इनके माता पिता ने बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका रखा था जब ये चार साल की थी तभी इनकी मां का निधन हो गया था बचपन से इनकी देखभाल की जिम्मेदारी पेशवा ने ली थी जिनके दरबार में इनके पिता काम करते थे पेशवा ने बचपन से ही मणिकर्णिका को बाकी लड़कियों के मुताबिक ज़्यादा आज़ादी दी थी इन्होंने अपने बचपन के दोस्त तात्या टोपे और नाना साहेब के साथ मिलकर घुड़सवारी निशानेबाजी और तलवारबाजी सीखती रही जब ये महज चौदह साल की थी तब झांसी के महाराजा गंगाधर राव से इनकी शादी तय कर दी गई और विवाह के तुरंत बाद झांसी के लोगों ने इनको मणिकर्णिका के नाम से न ना पुकारकर, बल्कि झांसी की रानी और लक्ष्मीबाई कहकर बुलाने लगे सन 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया लेकिन महज चार महीने के अंदर ही इस बच्चे की मृत्यु हो गई जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव बहुत दुखी हुए इसी के कारण महाराजा का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहने लगा था इसी दुख को भुलाने के कारण महाराज और रानी ने एक बच्चे को गोद ले लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया दोस्तों जब बच्चे को राजा गोद ले रहे थे तो सभा में अंग्रेजी हुकूमत वहाँ मौजूद थी उन अंग्रेजी अफसरों को राजा ने एक पत्र दिया जिसमें ये लिखा था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बच्चे को ही राजभास सौंपा जाएगा और रानी लक्ष्मीबाई को जैसा सम्मान उनके जीते जी मिल रहा है वैसा ही सम्मान उनके मृत्यु के बाद भी दिया जाएगा दरअसल इस पत्र को अंग्रेजी अफसरों को देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ने यह नियम बना रखा था कि अगर किसी कारणवश राजा की मृत्यु हो जाती है और अगर उसकी कोई संतान नहीं होती तो वो राज्य ब्रिटिश सरकार के अंदर ले लिया जाएगा और इसी नियम से बचने के लिए महाराज गंगाधर राव ने पहले ही तैयारी कर ली थी शायद उनको अपनी मृत्यु का अंदाज़ा हो गया था क्योंकि इस सभा के कुछ घंटों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी हालांकि उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने झांसी को भी अपनी सल्तनत में मिलाने की पूरी कोशिश कर ली थी लेकिन यहां पर रानी लक्ष्मीबाई ने उनका जमकर सामना किया हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर ने रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनने की याचिका को रद्द कर दिया और साल 1854 को रानी लक्ष्मीबाई को सालाना साठ पेंशन देने का वादा किया और इसके बदले झांसी का किला खाली करने का आदेश दिया और फिर गवर्नर के इस आदेश को मानते हुए मजबूरन झांसी किला को खाली करना पड़ा और झांसी के रानी महल में जाकर रहना पड़ा और रानी महल आते ही रानी लक्ष्मीबाई ने यह कसम खाली कि वो झांसी को किसी और के हाथों में नहीं आने देंगी और अपने हौसलों के दम पर एक मजबूत सेना का निर्माण किया बार बार अंग्रेज़ किले पर और झांसी पर हमला कर रहे थे लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने हर बार अंग्रेज़ों को धूल चटाई उन्होंने बहुत दिनों तक अंग्रेज़ों का जमकर सामना किया लेकिन 17 जून अट्ठारह को ग्वालियर के पास कोटा की सराय नाम की जगह पर लड़ते लड़ते वो घायल हो गई और 17 जून अट्ठारह को 29 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया मृत्यु के बाद दामोदर राव ने अपनी मां की ही बनाई सेना के साथ रहने लगे तो दोस्तों ये थी कहानी क्रांतिकारी नायिका रानी लक्ष्मीबाई की